साथियों स्वागत है आपका ट्रेवल विथ पर आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित और देवस्थान विभाग के तत्वावधान में संचालित होने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में ये यात्रा वैष्णो देवी अमृतसर दिनांक 10 तीन दो को प्रारंभ हुई थी आइए जानते हैं इस यात्रा के बारे में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें पास ही बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे इस प्रकार की और भी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले आइए देखते हैं कि इस प्रकार से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ और किस प्रकार से ये यात्रा संचालित हुई यात्रा की शुरुआत दिनांक 10 को यात्रियों के भव्य स्वागत के साथ हुई और जन प्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवानगी दी यात्रियों के भोजन चाय नाश्ता और पानी की समुचित व्यवस्था आईआरसीटीसी के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से की गई प्रत्येक कोच में एक आईआरसीटीसी का एस्कॉर्ट और दो अनुदेशक की नियुक्ति की गई यात्रियों के देखभाल ए उनकी सुरक्षा हेतु यात्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु कोच में डॉक्टर्स की पूरी टीम उपलब्ध रही जिन्होंने निरंतर यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उनके दवाइयाँ उपलब्ध करवाई प्रत्येक कोच में एक गार्ड के साथ आई के पाँच छः वॉलेंटियर्स थे जिन्होंने निरंतर यात्रियों की सेवा की और उन्हें समय पर भोजन चाय और पानी उपलब्ध करवाते रहे थ्य आज हम आ चुके हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान सरकार के तत्वावधान में कटरा स्टेशन पर यहां से अब हम माता वैष्णो के दर्शन हेतु प्रस्थान करेंगे यात्रियों के ठहरने हेतु विभिन्न होटलों में व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था बहुत ही शानदार रही साथियों हम निकल पड़े हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए और हमारे साथ अनुदेशक के रूप में भाई श्री जी विकास जी और दीपक जी आए बोले दी जय जय जय माता माता माता दी दी दी ये स्थान बाण गंगा है यात्रा का पहला पड़ाव यहाँ पर यात्रियों की सघन जांच के बाद यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है Gole, gole. Gole, gole, para todo. आते हैं तेरा चौदाह किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंचने वाले हैं माँ वैष्णो के मंदिर दर्शन के लिए बहुत ही दुर्गम चढ़ाई माता वैष्णो के दर्शन उपरांत हमने भैरव दर्शन किया यहाँ भैरव मंदिर है यात्रियों की सुविधा के लिए पाल के घोड़े खच्चर के साथ साथ हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की गई है हेलीकॉप्टर नीचे से हमें मिल सकता है लेकिन इसके लिए पूर्व में बुकिंग आवश्यक है इस प्रकार माता वैष्णो के दर्शन और भैरव दर्शन के साथ हमारी वैष्णो देवी यात्रा संपन्न हुई राज्य सरकार और देवस्थान विभाग की बेहतर प्रबंधन व्यवस्था से इन वरिष्ठ नागरिकों को स्थीर्थ यात्रा का लाभ मिल सका वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद